सभी को मेरा नमस्कार मैं सुमित्रा टेक्निकल ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं आधार बनाने वाले की ऐसे करें शिकायत तो आज इस बारे में हम बात करेंगे भाई आधार वाला कितना पैसा ले सकता है अपने आधार बना रहा है या फिर कुछ अपडेट कर रहा है या फिर प्रिंट निकाल के दे रहा है तो उस बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे उनको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रोसेस आधार बनाने हुए भाई कितना वो चार्ज ले सकता है इसके लिए जो यू बनी हुई है भाई आधार वाला कितना चार्ज ले सकता है वो यूडीएन ने आधार के लिए इनमेंट यानी आधार बनाने की प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है आपको एक रुपए भी नहीं देना है उसको इसके अलावा पाँच से प पन, लेकर पंद्रह साल तक के बच्चों की बायोमेट्रिक डिटेल का अपडेशन भी फ्री है डेमोग्राफिक डिटेल यानी नाम एड्रेस अपडेट करवा रहे हो बर्थो मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हो जेंडर या फिर ईमेल मेल अपडेशन का चार्ज पचास रुपये रखा गया है बायोमेट्रिक डि, डिटेल्स के अपडेशन के लिए यू ने सौ रुपये चार्ज तय किया है यह चार डोमोग्राफिक अपडेट के साथ या नहीं है इसके अलावा ई आधार कार्ड डाउनलोड और ए फोर सीट पर कलर प्रिंट के लिए तीस रुपये का चार्ज देना होगा यह अपने किसी भी अगर अपडेशन करवा रहे हो कुछ भी करवा रहे हो तो आपको पचास रुपये चार्ज देना है अगर बायोमेट्रिक करवा रहे हो तो आपको सौ का चार्ज देना है अगर इससे ज़्यादा आधार बनाने वाला आपसे चार्ज करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं तो चलते हैं अपने शिकायत कैसे करना है आपको इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल के साथ बताते हैं तो जिसे आपको मोबाइल से भी आप शिकायत कर सकते हो उनकी जो बनाते हैं अपने आधार अपडेशन जो भी आपको शिकायत हो तो किस आधार पे आप शिकायत करोगे तो सर्विस पर अपन चलते हैं तो यहाँ पर डालना है आपको यूडे आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो यूडी डे डाल के आपको सर्च कर लेना है जैसे आप सर्च करते हो तो आपको इस साइड पे जाना है डे वाली साइड पे आप जो पहुंच जाते हो पहुंचने के बाद आपको कंप्लेन एक कांटेक्ट और सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और लंप्लेन तो आपको यहां से कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है जिसे आप कंप्लेंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पर कम्प्लेंट का ऑप्शन पोर्टल ओपन हो जाता है और यहां पर आप टोल फ्री नंबर उन्नीस पे भी कॉल कर सकते हो और ईमेल भी भेज सकते हो अगर आपके साथ कुछ ओवर चार्जिंग या बस उगले की कुछ भी आपसे किया हो तो उसके बारे में तो जो आपने इंडलमेंट जो अपडेसन करवाया है या फिर ज़्यादा चार लिया है तो आपने अपडेसन करवाया होगा तो उसका यहाँ पर इंडलमेंट नंबर डेट और एंड टाइम के साथ आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर नेम डालना है नेम डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और आपकी ई मेल आपको यहाँ पर डाल देना है डालने के बाद आपको जिसे यहाँ पर कोड है तो आपसे पिन कोड नंबर पूछा जा रहा है तो आपका जो भी एरिया का पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बत्तीस बावन जीरो डालते हो तो यहाँ पर जितने भी अपने हैं एरिया जहाँ पर आधार मशीन चल रही है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो भाई आपके यहाँ आधार मशीन कहाँ पर चल रही है तो एरिया आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो ठीक है चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट टाइप यहाँ पर ऑपरेटर आप और इनरोमेंट एजेंसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है तो जो कैटेगरी है भाई यहाँ पर आपको चूज़ करना है रूड ऑपरेटर है ऑपरेटर केरिंग इनोलमेंट है रिशिप्ट नोट प्रोवाइड अगर आपको रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं की हो फोम नोट अवेलेबल ऑपरेटर स्टाफ नोट हेल्पफुल अगर आप हेल्प नहीं कर रहा हो जो भी आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो ऑपरेटर थे इनक्रेड डाटा अगर आपका डाटा गलत भर दिया हो और उसका सोलूशन नहीं कर पा रहा हो एजेंसी नोट अवेलेबल डिपोजिट इन लाइन तो आप जो भी आपको करप्शन है कुछ भी है जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर देख लेनी है उस हिसाब आप से आपको यहाँ पर फील करनी है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्री नोट और जो भी आपको प्रॉब्लम है जैसे आपको डेढ़ सौ शब्दों में यहाँ पर अपनों को बनाना है रिमार्क बनाना है भाई आपसे अलग से चार लिया गया है या फिर डाटा गलत एंट्री कर दिया है या फिर आपको परेशान कर रहा है जो भी है आपको यहाँ पर रिमार्क अपना डेढ़ शब्दों के अंदर लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर को डाल के और सबमिट कर देना है जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके सामने एक टिकट नंबर आ जाता है उस टिकट नंबर से आप अपनी आपको संभाल के रखना है संभाल के रखने के बाद यहाँ पर जैसे आप वापस से माउस के कर्सर को लेके जाते हो या फिर मोबाइल पर जैसे कॉन्टेक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको चेक कंप्लेट तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए धन्यवाद